छतरपुर पुलिस ने चार महीने पहले हुए दीपक यादव हत्याकांड का खुलासा कर दिया है हाथ लगी है पुलिस ने चार महीने पहले एक हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने इस मामले के खुलासे के लिए एस आई टी भी गठित की थी लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी पुलिस ने आरोपी पप्पू यादव और सर्वज्ञ गर्ग को पठापुरा ताला तालाबावर के जंगली इलाके से गिरफ्तार किया है आरोपियों के पास से घटना में प्रयोग देसी कट्टा मोटरसाइकिल और लूटी गई हीरो होंडा मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली आरोपियों ने मोटरसाइकिल छीनते समय विरोध करने पर फरियादी को गोली मार दी थी वही आरोपियों ने इक्कीस जुलाई को एक और युवक मणि बंशकार और उसकी पत्नी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था बरदाह हरपुरा रोड पर आरोपियों ने कट्टा अड़ा उसका मोबाइल और पत्नी का मंगल सूत्र लुट लिया था जिसकी शिकायत फरियादी ने पुलिस से की थी पुलिस ने इस घटना का भी खुलासा कर दिया है छतरपुर जिले के थाना माधवा अंतर्गत जुलाई में एक सनसनीखेज घटना हुई थी जहां पे दीपक यादव की हत्या की गई थी और लूट की घटना को अंजाम दिया गया था आवेदन जिस प्रकार से दिया गया था उसी हिसाब से कई की गई थी और क्योंकि इसमें काफ़ी पहलू थे जिन पर जांच की जानी थी एक ये भी संभावना थी कि शायद सिर्फ हत्या की गई हो और लोगों ने लूट का जो प्रारूप है वो बनाने की कोशिश की है इसमें बहुत प्रयास किया गया एस का गठन भी किया गया अंत में मुखबिर की सूचना के आधार पर ये ज्ञात हुआ कि ये दो जो आरोपी हैं पप्पू यादव और सर्वज्ञ गर्ग इनके द्वारा इस प्रकार की घटनाएँ लगातार जो बिजावर अनुभाग है उसमें की जाती हैं इनको इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने इस घटना का खुलासा किया और साथ ही में जुलाई में ही एक ईशानगर की लूट थी उस घटना का भी इन्होंने इन्होंने माना उसके बाद इनसे सभी जब्तियां की गई और आज इनको गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा